हेलो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज सिक्स टू का क्वेश्चन नंबर वन और ये जो क्वेश्चन है ये थेल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है थेल्स थ्योरम क्या होती है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी हमने इसके पहले जो है थेल्स थ्योरम के बारे में एक वीडियो डाला है उसको आप जरूर देखना ठीक है तो थेल्स थोरम में क्या है कि जो थैलस्थ्योरम होती है उसमें कोई सा भी ट्रैंगल हो यदि उस ट्रेंगल में किसी वन साइड के पैरल कोई लाइन खींची जाती है जैसे ये ट्रैंगल ए है इस एबीसी सी ट्रेंगल में बीसी जो साइड है इसके पैरेलल डी लाइन खींची गई है जो कि दिया गया है इन द गि फिगर डी पैरेलल बीसी माने इसके पैरेलल है ओके यदि ऐसा होता है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो जो जो लाइन है डी ये अदर टू साइडों को डिस्टिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है मतलब एक एक साइड को डी पर और दूसरी को ई पर जो है क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो लाइन डी है ये इन दोनों साइडों सेम रेशो में क्या करेगी डिवाइड करेगी मींस एडी अपॉन डी एडी अपॉन डीबी एडीपॉन डीबी टू अपॉन ईसी ये हमारी है, जिसका यूज़ करके हम ईसी की वैल्यू निकालेंगे ओके? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन गिवन क्या है हमारा ओके सॉल्व पहले सॉल्व लिख देते हैं क्योंकि तो इसको हमें सोल्व करना है लिखेंगे क्या चीज़ हमें गिवन है इसमें हमें जो गिवन है वो है ए डी कितना है हमारा ए डी ए डी वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बी डी या डी बी बी डी लिख दो चलो बी डी इजिकल थ्री सेंटीमीटर ए ई वन सेंटीमीटर और ई इसी हमें ये फाइंड करना है ई सी टू एक्स और ये लेट लिख दो लेट मींस मान लिया ओके अब लिख दो इसमें पैरल अब सी डी पैरेलल पैरल बी पैरेलल डी ई जो है वो बी के पैरेलल है सो बाई थेल थ्योरम, सो बाई थेल्स थ्योरम सो बाई थेल्स थ्योरम डीई डी डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेशो डीई डिवाइड अदर टू साइड अदर टू साइड इन इन सेम रेशो ओके तो बाई थेल स्थरम थेल स्थरम में क्या कहता है कि जो डी ई -E है वो बी सी के पैरल है तो जो डी ई -E है वो अदर टू साइडों को क्या करती है सेम रेशो में डिवाइड करती है मीन्स ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई ओके ए ई अपॉन ई सी तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू वन पॉइंट फाइव पुट कर देंगे डी बी डी बी की वैल्यू हमारी थ्री है ए ई की वैल्यू हमारे पास वन है और ई सी की एक्स है या ई सी लिख दो ई सी की जगह ई सी भी लिख सकते हैं एक्स भी लिख सकते हैं एक्स लिख दिया तो क्या आएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव और x इजिक्वल टू हो जाएगा थ्री अपॉन वन पॉइंट फाइव इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू थर्टी अपॉन फिफ्टीन और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टू इसमें लिख दो सो ई सी इज टू कितना आ जाएगा हमारा टू सेंटीमीटर समझ में आया यहाँ थैलश्योरम लिखा थैलशोरम क्या कहता है कि, कि किसी भी ट्रेंगल के किसी भी ट्रेंगल कि वन साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन होती है तो वो अदर टू साइडों को सेम रेसो में डिवाइड करती है वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि वाई थेल्स थ्योरम डी ई डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेसो जो डी ई है वो वो अदर टू साइडों को सेम रेसो में डिवाइड करेगी मतलब इन दोनों साइडों के रेसो सेम होंगे ए डी अपॉन डी बी ए ई अपन ई सी इसका यूज़ इनकी वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू आ गई और जो हमने एक्स था वो हमारा ई सी था तो ई सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी टू सेंटीमीटर ओके okay, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ओके थैंक यू हाँ हेलो स्टूडेंट अब हम करेंगे सिक्स पॉइंट टू का सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में ये हमें डायग्राम दिया गया है फिगर दी गई है इस फिगर में डी पैरेलल बीसी है जैसा कि फर्स्ट में था बस हमें फाइंड इसमें एडी करना है ये हमारा एबीसी बी है ये डी है इसकी क्या है लाइन है डी ओके okay? ये जो डी है ये क्या कर रही है इसको इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ओके okay, तो ये जो डी ई लाइन है वो क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइडों को डी और ई पॉइंट पर तो ये डी और ई पॉइंट हैं ये डी पॉइंट और ई पॉइंट इन दोनों साइडों को सेम रेशों में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थेम ओके तो थेल्स थेम का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या चीज हमको गिवन है गिवन में हमें दिया गया है कि बी या डी बी लिख दो DB बी इज इक्वल टू सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर ए ई इज इक्वल टू वन पॉइंट एट सेंटीमीटर ई सी इज फाइव पॉइंट फोर सेंटीमीटर ओके एंड टू फाइंड फाइंड हमें करना है AD ओके okay, अब इसे फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इसमें थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे तो लिखेंगे बाई थेल स्टोराम बाई बाई थेल स्टोराम तो थेलोराम वो क्या है थेल स्टोराम डीई इंटरसेक्ट अदर टू साइड डी इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन द सेम रेशो ओके तो जो डी ई है वो इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइडों को इन द सेम रेशो सेम रेशो में सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई अब वैल्यू पुट कराएंगे तो ए हमें फाइंड करना है ए की जगह ए लिखा रहने देंगे डी बी हमारा सेवन पॉइंट टू है ए ई ए हमारा है वन पॉइंट एट एंड ई सी हमारा है फाइव पॉइंट फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी इज इक्ल टू हमारा आ जाएगा वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट टू वन पॉइंट से वन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट है एट्टीन वन जाटीन एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर थ्री वन जा थ्री थ्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा थ्री टू जा सिक्स थ्री ट्वेंटी फोर मतलब टू पॉइंट फोर कितना आ जाएगा टू पॉइंट फोर सो ए डीजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा टू सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर ओके okay, इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी थेलस्थोरम के यूज से कर लेंगे समझ में आ गया ये ये ट्रैंगल एबीसी है इसमें जो डी है वो इसके पैरल है जब किसी ट्रैंगल में वन साइड के पैररल कोई लाइन हो तो वो लाइन अदर टू साइडों को सेम रेसों में डिवाइड करती है ये हमने वन लिखा है जो हमें डायग्राम में सो रहा है इसके बाद टू फाइंड हमें ए फाइंड करना है अब हमने थेलस्थोरम का यूज करेंगे तो हमने लिख दिया भाई थैलस्थोरम जो डी है वो क्या करती है अदर